आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज उसी का अगला पार्ट है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यह एक थ्योरम है एक रिजल्ट था जिसमें यह बात कही गई है कि एक ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी एंगल के लिए उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि किस पर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके एंगल पर डिपेंड करेगा तो ये है राम अब इसका हम प्रूफ देखेंगे एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं यहां पर ट्राइंगल ए बी सी एंगल थीटा है ट्राइंगल एबीसी है और यहां सेुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑपेंडिकुलर मान लेते हैं पीक्यू 90 डिग्री बना रहा है ये भी 90 है ये तो अंडरस्टूड है इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल पीक्यू क्यू ए यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सिमिलैरिटी के बारे में आप लोग पहले आ, सिमिलर सिमिलैरिटी तो हम अभी बता नहीं रहे हैं लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि AQ क्यू बाई ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू पी क्यू बाई तो अब यहां पर से इन्हीं रिजल्ट से जो हमारे पास दिया हुआ सिमिलोरिटी के लिए इसी रिजल्ट की मदद से हम रेशो निकाल लेंगे अब रेशो के लिए हम क्या कर सकते हैं साइन डीटा के लिए वहां पर क्या होता था P बाई एच लेते थे ना यहां परुलर क्या है पी क्यू है देख सकते हैं पी क्यू इसके लिए है ए -पी। ए -पी है? सो पी क्यू को यहां पर यहां से पी क्यू उठाएंगे यहां से एपी उठाएंगे और यहां लिख देंगे पी क्यू और ये एपी नीचे आ जाएगा साइन टीटा के लिए केवल कर रहे हैं अभी और PQ क्यू बाई अब BC के लिए ये वाला BC BC बाई ए ये वाला BC जो है ऊपर चला जाएगा और AC BC बी यहां आ जाएगा और AC तो नीचे है ही है BC सी बाई तो ये sin थीटा के लिए रिजल्ट आ गया ना आपका आपके पास उसी तरह से cos थीटा के लिए क्या था बी बाई एच तो बी बी यहां से क्या है ए है ए को उठाएंगे और एच क्या है एपी ये वाला एपी यहीं पे डाल देंगे नीचे की तरफ ए क्यू बाय एपी ये वाला ए ये वाला ए अब यहां आ जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है अभी एक कंडीशन के लिए साइन थीटा के लिए प्रूव हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप इसको दोबारा से नहीं ले सकते इनके इनके मदद से हम अब इसको ले सकते हैं इन दोनों को भी आप ले सकते हैं तो A Q बाई ए पी हो गया यहां से और एक और रिजल्ट आएगा ए सी A C या थीटा के लिए हम कर रहे हैं तो ए बी ऊपर जाएगा ए नीचे ये वाला ए ऊपर जाएगा और एसी ए बी यहां से ऊपर गया और ए नीचे है ही है तो इस तरह से आ गया रिजल्ट किसके लिए आया ये साइन थीटा के लिए पहला और ये दूसरा कॉस्ट थीटा के लिए देख सकते हैं आप सभी अब फिर से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं अब ये क्या थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं परपेंडिकुलर को आगे की ओर बढ़ा देते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो हम साइज वैरी करा कर देख रहे हैं कि क्या साइज वैरी कराने के बाद रिजल्ट पे कोई असर पड़ता है क्या मतलब की इसके ठीठा पे इसके रेशियोज पे कोई असर पड़ता है हमेशा क्या है कि ये थीटा पे ही डिपेंडेंट होगा ना कि साइज पे असर पड़ेगा यानी कि हम इसको देख सकते हैं ऐसे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से एम एन ये भी परपेंडिकुलर है यहां से और अब अब जो केस लेंगे फिर से ट्रायंगल एंगल ए बी सी इन ट्रायंगल एंगल ए बी सी और दूसरा ए इन ट्राइंगल एम एन के लिए ठीक उसी तरह से हम ले लेते हैं सिमिलरिटी के लिए ए बी बाई क्या था ए एन उसके बाद ए सी बाई एम उसके बाद डीसी बाई एम एन देख सकते हैं फिर से इन्हीं रिजल्ट का यूज कर के आगे साइन थीटा और थीटा निकल जाएगा अगले केस में क्या हो जाएगा जब साइन थीटा निकालना होगा तो फिर से वैसे ही पर्पेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर क्या आ रहा है ए बी है ऊपर और ए सी है ए बी और ए सी यहां से ये ए बी ये वाला लेंगे और एसी नीचे ट्रांसफर कराएंगे दूसरे केस में ठीक वैसे ही एम एन ये वाला MN ऊपर ले जाएंगे और यहां से AM ये वाला M MN ऊपर ले गए और ये वाला AM नीचे डे में है ही ये ठीक है आप लोग समझ जाना कैसे कर रहे हैं ये MN ऊपर ले गए हैं और AM नीचे है ऑलरेडी ठीक है तो यहां से साइन थीटा का रिजल्ट आता है अब कॉस्ट थीटा के लिए थीटा के लिए अगेन ए सॉरी साइन थीटा के लिए यहां से बीसी लेंगे ना ये वाला बीसी नीचे आएगा बी आएगा ये वाला बी और एसी और फिर एम एन और ये ए एम कॉस्टर के लिए ऐसे ही ए बी बाई ये वाला हाईपोर्ट्यूस ए सी ए पी यहां से और ए सी नीचे से ये वाला समझ रहे हैं ना ये थोड़ा मिस्टेक हो गया पहले आप देख लेना ये बी सी जो है ना यहां से बी सी उठाएंगे और ए सी यहां से ये वाला और ये वाला केस में मतलब बीसी बाई ए सी करेंगे ठीक है कॉस्टीटा के लिए भी उसी तरीके से एन बाय एन बाई एम जैसे जैसे साइन ठीटा कॉस्टीटा निकला है वैसे ही टैन थीटा भी निकाल देंगे टैन थीटा के लिए हो जाएगा यहां पर पर्पेंडिकुलर क्या है बीसी बेस क्या है ए बी बीसी ये वाला बीसी ऊपर गया ये वाला बीसी और ये वाला एबी डिनोमिनेट में जो है इनके मदद से टैन डीटा निकला यहां पर और यहां पे, इस केस में, इस केस के लिए बीसी बाई ए बी तो हो गया उसके अलावा एक और वैल्यू निकालते हैं ना दूसरा वैल्यू हो जाएगा पीबी सॉरी पी क्यू बाई पी क्यू और यहां के लिए टैन के केस के लिए परपेंडिकुलर वही बीसी बाई ए तो ए तो होगा ही उसके अलावा एम एन एम बाई एम अब रिजल्ट सारा हो गया ठीक है तो यहां पर जो है साइज पे ये वैरी नहीं कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है बस इतना ही बात था इस थ्योरम के अंदर ओके